नमस्कार मैं हूँ अनुराग आप देख रहे हैं बेबाक बात आज मेरे साथ भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी साहब हैं किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है किशन जी आपको बड़ा अचानक से बहुत नाम चर्चाओं में थे कि फलांजी अध्यक्ष बनेंगे नगर निगम के फलांजी बनेंगे और आपका नाम सामने लाकर के आपको अध्यक्ष बनाया गया आपको उम्मीद थी कि पार्षद आप दो बार के आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा देखिए मैं तो संगठन का काम अपनी निष्ठा भाव से करता गया मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पार्टी मुझे पार्षद का चुनाव दोबारा लड़ाना चाहती है मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे नगर निम का अध्यक्ष बनाना चाहती है मुझे आदेश हुआ आपको चुनाव लड़ना है मैं चुनाव लड़ लिया मुझे आदेश हुआ आपको नगर निम अध्यक्ष के नाते काम करना है वो बोकर तो ये मुझे कुछ जानकारी नहीं थी पर संगठन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विचार करता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मेरे बारे में जो विचार कर रहा था उस आधार पर मुझे जब जब जो आदेश देता गया मैं करता गया किशन सुरवंशी जी के बारे में बताऊँ कि बहुत छोटी आयु में शायद आप स्कूल में पढ़ते थे जी जी स्कूल में जब किशन सूर्यवंशी साहब पढ़ते थे तब संघ की शाखाओं के से आपका जुड़ा हुआ और उसके बाद एक स्वयंसेवक के रूप में आपने अपने जीवन को सार्वजनिक तौर से शुरू किया मैं जब पांचवी कक्षा मैंने पास की तो मैंने संघ का प्राथमिक शिविर किया भोपाल में हाँ और इसके बाद जब मैं दसवीं में आया तो मैं संघ का विस्तारक हो गया था ई e टू गवर्नमेंट क्वार्टर डे पुत्रकारय में मैं रहता था जब मैं कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय काम में आया और विभिन्न जवाबदारियों में विद्यार्थी परिषद के रहा संघ का संघ शिक्षा वर्ग शिक्षित हूँ विस्तारक रहा हूँ विद्यार्थी परिषद में लंबे समय काम किया है जब जो काम मुझे संगठन ने दिया करता गया मुझे विश्वविद्यालय में भी एग्जूटिव काउंसिल के लिए कहा गया कि आपको बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जाना है तो उस समय भी मैंने कहा था कि मैं दस साल पहले छात्र राजनीति कर चुका हूं अब मैं भाजपा की सक्रिय राजनीति में हूं आप मुझे कहाँ एसी मेंबर बना के पहुंचा रहे हैं तो बोले नहीं ये तय किया गया संगठन ने आपके बारे में तो एक लाइन में फिर बात ख़त्म हो गई कि तय हो गया तो फिर ठीक है अब मुझे कुल के पालन ही करना है बात का ऐसे करके मुझे जब जो आदेश संगठन देता गया मैं करता गया अब जब आप अध्यक्ष बने पार्षद बनके तो मसले उठाने होते हैं अपने काम कराने होते हैं अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो जब अध्यक्ष बने तो उसके बाद अब भूमिका थोड़ी सी बदल गई है निश्चित रूप से अध्यक्ष की जवाबदारी है कि सभी जनप्रतिनिधियों से तालमेल बना कर के भोपाल के विकास में सबका सहयोग लेते हुए हम भोपाल को बेहतर कैसे बना सकते हैं चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो चाहे सुंदरता के मामले में हो चाहे सफाई के मामले में हो भोपाल में देखिए सुझाव किसी का भी अच्छा हो सकता है विपक्ष का भी सुझाव अच्छा हो सकता है इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि सभी से तालमेल करके सकारात्मक चर्चा के माध्यम से भोपाल के बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं पूरे समय दिमाग में उस प्लान पे हम काम करते हैं कोई प्लान बनाया भी आपने कुछ कुछ खाका तैयार किया प्लान पे काम भी शुरू कर दिया हमने सफाई को लेकर के हम बहुत फोकस्ड हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और राजधानी होने के नाते हम दूसरे जिलों को इंस्पायर करने का काम करते हैं तो जब भोपाल राजधानी दूसरों जिलों को मध्य प्रदेश के इंस्पायर करेगी तो उसके लिए हमें सभी पैरामीटर्स पे खरे उतरना पड़ेगा कहीं इंदौर से कंपटीशन है भोपाल का भोपाल के नगर निगम का हाँ। छठवीं बार इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर वन है तो ये टीस होती होगी ना कि हमारा शहर भी हो हमको भी होती है मुझे बहुत ज़्यादा टीस्ट होती मैं बताऊँ आपको मुझे खैर हम बीच में निगम की स्थिति और थोड़ी ठीक नहीं रहेगी मगर अभी अपना उसने ठीक किया है और अब बहुत तेजी से मैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे कार्यकाल में हम एक नंबर पर आएंगे नहीं मैं टीस की बात कर रहा हाँ। था तो वो जब टीस होती है हाँ। हालांकि जो इंदौर में काम कर रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं हाँ। इंदौर भी शहर हमारा है लेकिन जब बात आती है कि हम कहां रहते हैं भोपाल में और भोपाल में स्वच्छता के मामले में उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है जितनी होना चाहिए थी मैं ये मानता हूं कि शहर के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाने में हमें और तेज़ी से काम करना पड़ेगा कि प्रत्येक नागरिक को ये लगे कि ये मेरा शहर है इस शहर में हम पले बड़े हुए हैं इस शहर ने हमें सम्मान दिया है इस शहर ने हमें पहचान दिए और इस शहर को हम हमेशा नंबर एक पे ही लाएं इसके लिए हमारी अपनी व्यक्तिगत जवाबदारी क्या हो सकती है हमारे अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या काम हो सकते हैं इस पर जब तक प्रत्येक व्यक्ति फोकस करके काम नहीं करेगा हम नंबर वन से दूर हैं और ये टी से ये जैसा आपने टी शब्द का इस्तेमाल किया ये टी शब्द भोपाल के प्रत्येक नागरिक के मन में होना चाहिए इंदौर के अंदर आप देखिए कि इस प्रकार का सिविक सेंस डेवलप हो चुका है कि भा अगर कोई टूरिस्ट भी सड़क पर चलता हुआ कचरा फेंकेगा तो आम इंदौर का, का नागरिक टोक देगा सही बात है वहा ये जो एटमोसफेयर बन चुका है आम नागरिक जागरूक हो चुके उसके लिए ये भोपाल के अंदर होना और जरूरी है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ पर इस पर काम और बहुत ज्यादा होने का आप पार्षद रहे पहले हाँ। फिर पार्षद बने फिर नगर निगम अध्यक्ष बन गए आपके पास एक बड़ी जवाबदारी है हाँ। जिन लोगों को काम दिया गया था हाँ। सिविक सेंस हाँ। जागृत करने का हाँ। तमाम सारे एन हैं हाँ। सरकारी संस्थान है गैर सरकारी संस्थान है हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेज बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं नगर निगम ने कभी क्या उनकी सही से मॉनिटरिंग नहीं की कि जिस रिजल्ट के लिए हमने जो काम दिए गए थे वो रिजल्ट हम हमारे पास नहीं आ पाए मैंने आयुक्त नगर निगम को अभी निर्देशित किया है कि आप जितने भी एनजीओ स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्होंने क्या क्या काम किया एटमॉस्फेयर डेवलपमेंट पर वातावरण बनाने पर कि भोपाल के अंदर हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना इस पर कितना इफेक्टिव काम हुआ है आप मुझे पूरी जानकारी उपलब्ध कराइए तो अभी कुछ जानकारी आ गई इस कुछ जानकारी से, से और हमारा फोकस इस, इस में किशन जी इसमें किशन जी कई बार शिकवे शिकायतें भी आते हैं जांच होती है तो फिर चीज़ निकल के सामने आती है तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो पैसा तो लेते हैं स्वच्छता के नाम पे तमाम सारी अन्य योजनाओं के नाम पे लेकिन काम नहीं करते उनकी अगर आप रिजल्ट देखें तो वो शून्य मिलते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई कितना ही बड़ा एन करा होगा काम करने वाला एन नहीं टिक पाएगा और उस पर कार्रवाई होगी उसकी सोशल ऑडिट भी होगी और उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे क्योंकि जिस काम के लिए आपको पैसा दिया है वो काम आपको करना पड़ेगा और आप नहीं कर सकते तो आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा चाहे एनजीओ कौन है किससे जुड़ा है नहीं जुड़ा है कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए मैटर ये करता है कि आपको जो काम दिया है वो काम आपने प्रभावी ढंग से किया है या अथवा नहीं किया है और आपके प्रयासों में अगर कमी होगी तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा आपको काम तो करना पड़ेगा क्योंकि शहर की इज्जत का सवाल है ये हम सब की इज्जत का सवाल है कि हम अपने शहर को क्यों नहीं ला पा रहे मध्य प्रदेश की राजधानी है बहुत खूबसूरत है स्वाभाविक रूप से बहुत खूबसूरत शहर है हमारा प्राकृतिक वातावरण यहाँ का लोग निहारते रह जाते हैं यहाँ पर आ, हमारे अलग अलग वाटर बॉडीज हैं हमारा इतना यहाँ का पर्यावरण इतना अच्छा है इतने पेड़ है इतनी हरियाली है अब केवल उसको स्वच्छ और मेनटेन रखने की जवाबदारी है तो उसमें नागरिक के अंदर इस भाव का जागरण करना कि ये मेरा अपना शहर है इस शहर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है और मैं ना गंदा करूंगा ना गंदा करने तो दूंगा। ये, भाव ये, ये, तो। ये भाव आना पड़ेगा अब आप देखिए कि भोपाल के अंदर कई एजेंसियां बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत ब्यूटीफिकेशन के काम करती है ब्यूटीफिकेशन के काम को थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि वो डैमेज मिलती है या टूट जाएगी अच्छी लाइटें लगी है सड़क के किनारे तोड़ गए अब ये ये तो मुझे लगता है कि भोपाल के नागरिकों का खून खोल जाना चाहिए कहीं कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति अगर असामाजिक तत्व भी कर रहा है और आम आदमी अगर उसको देख रहा है कि मेरे सामने इस प्रकार की घटना हो रही है तो आम आदमी को भी तत्काल रोकना चाहिए पुलिस को भी फ़ोन करना चाहिए निगम को फ़ोन करना चाहिए कंट्रोल नंबर के कंट्रोल रूम के नंबर सभी के पास भोपाल के लोगों के पास है कि ये हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई से डेवलपमेंट हुआ है और भोपाल निगम नगर निगम की बात करें तो संकट हमेशा रहता है हाँ। जो रेवेन्यू आना चाहिए उतना कभी आ नहीं पाता तमाम तो सारी चीज़ें होती हैं ऐसे में तो मुझे लगता है आपने जो बात कही वो जो अंकुश लगाने की आप बात करें चाहे एन जी ओज हों या और दूसरे संस्थान हों या निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों तो इनसे तो बहुत कड़ाई से निपटना पड़ेगा मुझे लगता है कड़ाई से निपटेंगे और इनको इनकी जवाबदारी का एहसास दिला देंगे कि काम करना पड़ेगा मैंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी बोला है हमारे सफाई मित्रों से भी कहा है एनजीओ को मैंने टाइट किया है कि आपको इफेक्टिव काम करना पड़ेगा नहीं करोगे तो नहीं बचोगे और केबल बचोगे नहीं रिकवरी भी कर देंगे आप बहुत जरूरी है अगर आपने गलत काम किया आपका काम प्रभावी नहीं है तो जो आपको पैसा दिया वो रिकवरी भी कर देंगे ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे ये सब हम करेंगे काम तो करना पड़ेगा और नहीं कर सकते हैं तो नगर नियम के रास्ते भूल जाइए आप इधर कहीं और जाइए आप भोपाल नगर नियम की तरफ मुँह करिए मत करिए यहाँ तो आपको प्रभावी काम कर सकते तो इस तरफ आइए और नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल मत आइए और जो मुझे लगता है कि भोपाल के अंदर इस प्रकार के लोग भी बहुत होंगे जो अच्छा काम करना चाहते हैं है ना बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो संस्थाएँ भी हो सकती हैं आम नागरिक भी हो सकते हैं और सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप हो सकते हैं जिनके जीवन के अपने अनुभव हैं हम कई प्रकार के लोगों को इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करके भोपाल को बहुत आगे ले जा सकते हैं इसके लिए बहुत सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और भोपाल में वो सारी संभावनाएँ हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश को तो दिशा दे ही सकता है पूरे देश, देश, देश को देश में नंबर बना सकता है किशन सुरवंशी साहब भोपाल स्वच्छता में नंबर वन बन, बने ही बने उसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं जहाँ भोपाल अपना परचम लहरा सकता है इस तरह के प्रयास करना चाहते हैं किशन जी से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक हाय अच्छा मस्ती और मुझसे <laughs> कौन कहता है पनीर सीधा सादा होता है ये ना तो सीधा है ना सादा है। नया मिल्क मिल्क मैजिक मैजिक हेल्दी हेल्दी क्यूब क्यूब बाइट्स बाइट्स स्पाइस पनीर पनीर खाओ कभी भी कही भी कहीं पे आप मस्ती चढ़ गई। बात में आपका स्वागत है भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ में किशन जी अब आप अध्यक्ष बने आपने टाइट करने का मन बना लिया है और मुझे लगता है की इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आने चाहिए क्योंकि कई बार जीवन में प्रारब्ध बड़ा सुख होता है और परिणाम बहुत विलक्षण आते हैं अब सबको साथ लेकर चलने की बात जब अध्यक्ष बनते हैं तो लोगों को लगता है कि अध्यक्ष बन गए जो अध्यक्ष बनता है उसको भी लगता है कि मैं अध्यक्ष बन गया सब ठीक है लेकिन आपका जो छोटा सदन है उसमें कांग्रेस भी है भाजपा के लोग भी हैं आपके पास बहुमत है लेकिन सबको साथ लेके चलना अध्यक्ष का काम होता है देखिए मेरा पहले दिन से प्रयास रहा है नगर नियम के इतिहास में पहली बार सर्वदलीय बैठक हमने की है मैंने ऑर्गेनाइज करी है नगर नियम ने आज दिनांक तक कभी सर्वदलीय बैठक नहीं की थी ये शुरुआत मैंने की और उसके पीछे जब मैंने सर्वदलीय बैठक में आए जनप्रतिनिधि से एक ही प्रश्न पूछा था कि आप बताइए भोपाल की जनता ने आपको हमको सबको चुन के क्यों भेजा है और मुझे लगता है कि कम से कम इसलिए तो चुन के नहीं भेजा है कि जिस दिन परिषद का सम्मेलन हो उसके दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन हो कि परिषद हंगामे के बीच खत्म हुई। इस भोपाल की जनता ने आपको हमको सबको इसलिए चुन के भेजा है कि परिषद जो कि विधानसभा का ही एक रूप है आप यहाँ सकारात्मक चर्चा करें अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करें उस पर सुझाव दें कि अगर हम उसको ये से ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा इस प्रकार के सुझाव पर अगर चर्चा होगी तो सदन की सार्थकता होगी पार्षद का महत्व बढ़ेगा और निगम में इफेक्टिव काम शुरू होंगे तो उसमें ज़्यादातर साथी सहयोगी सहमत भी थे और मैंने ये भी कहा कि आप अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाओगे मुझे लगता है नगर निगम की अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा बैठक इस तो हंगा हंगा तो हंगामे इसके अलावा दूसरी खबर नहीं होती मेरी वही कोशिश है अभी मैंने आयुक्त को भी कहा की हम ट्रेनिंग भी देने कहा की ट्रेनिंग का पूरा एक शेड्यूल बनाइए और ट्रेनिंग पॉलिटिकल इवेंट नहीं है मैंने उनको कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है कि हमें ट्रेनिंग देना है हमें इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग देनी है कि एक पार्षद की सदन के अंदर क्या भूमिका हो सकती है एक पार्षद की अपने बाढ़ में क्या भूमिका हो सकती है एक पार्षद की शहर के विकास में क्या भूमिका हो सकती है इस प्रकार के अच्छे जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए और हम एक या दो सत्रों में उसको रखें और जनप्रतिनिधि के अंदर इस भाव का जागरण करें कि हमें अगर शहर के लोगों ने चुनके भेजा है तो हम शहर के लोगों को क्या दे सकते हैं प्रबोधन बहुत आवश्यक है प्रबोधन बहुत आवश्यक है इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं बहुत जल्द हम बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे करें रहे चीज मुझे भोपाल में बहुत निकलती है बहुत तेजी से भोपाल की जो हरियाली थी वो खत्म हो रही है भले ही स्मार्ट सिटी बनी हो तो पेड़ कटते हैं आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो पेड़ कटते हैं उसकी भरपाई नहीं हो पा रही एक अकेले शिवराज सिंह जी रोज़ एक पौधा रोप देते हैं वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता उनके प्रयास को 100 सलाम है लेकिन इसके लिए नगर निगम को कुछ करना चाहिए आपकी बिल्डिंग परमिशन शाखा में जाइए कहीं भी जाइए पेड़ काटने की इजाज़त बड़ी आसानी से मिल जाती है बहुत आसानी से कई बार तो लोग इतने बेपरवाह लापरवाह परमिशन नहीं देते कहीं भी पेड़ काट देते है। हैं आस के जंगल नष्ट हो रहे हैं पूरे भोपाल की हरियाली जा रही है अगर ये खत्म हो गई तो भोपाल का जो मिजाज है भोपाल जो जाना जाता है वो सब खत्म हो जाएगा मैं आपकी बात से सहमत हूँ विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ होना चाहिए अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा करके विकास कर रहे हैं तो मुझे लगता है विकास नहीं आने वाले समय में बिरास होगा इसलिए विकास का मॉडल भी पर्यावरण के अनुकूल हो हमें इस पर काम करना पड़ेगा आपके टूक रहा हूँ आपको आप जो प्रबोधन की बात कर रहे थे इस प्रबोधन की पार्षदों को तो जरूरत होगी क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले बुरा नहीं होता इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत नगर निगम में बैठने वाले अफसरान को है जो सब काला पीला करते रहते हैं नहीं कर पाएंगे काम करना पड़ेगा और नहीं तो आप देखिए थोड़े दिन बाद लोग खुद कहेंगे कि हमें यहाँ से मुक्त होना है वो समय ज्यादा दूर नहीं आप लोगों को जल्दी खबर मिलेगी क्योंकि आपके एजेंडे में हरियाली है हरियाली मेरे एजेंडे में प्रॉर्टी पे है मैंने एक मीडिया प मित्र हमारे पत्रकार मित्र हैं उनने भी जब मुझसे इस बारे में चर्चा की थी तो मैंने कहा था विकास के साथ पर्यावरण का भी संरक्षण करना है देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि कोई मुख्यमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी संभव नहीं है प्रतिदिन एक पेड़ लगा रहे हैं और समाज में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे उपलब्धिपूर्ण काम करने वाले लोगों को साथ लगा रहे हैं उद्देश्य क्या है उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का संरक्षण हमें करना भी है और इस प्रकार के लोग जो शहर के अंदर प्रदेश के अंदर एटमॉस्फेयर का बनाने का काम कर सकते हैं उनके साथ वो वृक्ष इसलिए लगा रहे हैं कि वो भी ये संदेश देने का काम करें ये भी है और भोपाल के संबंध में जब आपने कही तो मैं आपको बता दूँ कि भोपाल फोर्टी से ऊपर नहीं जाता था पर डेवलपमेंट में ये और अब अड़तालीस तक जाने लगा इस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कारण क्या है तो कारण निश्चित रूप से डेवलपमेंट के कारण कई बार जरूरी भी होता है पर कोशिश की जानी चाहिए कि पेड़ों का संरक्षण हो और नहीं तो उस लार्ज स्केल पे फिर हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा हालांकि निगम बहुत तेज़ी से कर रहा है भारी मात्रा में प्लांटेशन कर रहा है मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज एक पेड़ लगा रहे हैं बाकी संस्थाएं भी कर रही हैं सामाजिक संस्थाएं भी कर रहे हैं आम नागरिक भी प्र... और भोपाल में खासतौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि वृक्षारोपण के मामले में तो भोपाल का जो आम नागरिक है बहुत जागरूक है प्रत्येक घर में एक पेड़ जरूर लगा मिलेगा भोपाल में आप कहीं भी चले जाइए अगर उनके पास जरासा भी स्पेस है घर के अंदर तो हर घर में एक पेड़ लगा मिले तो ये खासतौर पर पेड़ के पे मामले में हरियाली के मामले में भोपाल का नागरिक बहुत जागरूक है और उसी का कारण है ये नागरिकों द्वारा ही संभाला हुआ भोपाल है जिसके कारण इतनी हरियाली है और यह जैसा मैंने अभी कहा कि भोपाल में 43 थ्री टेम्परेचर किसी समय रहा करता था आज 48 जाने लगा इस पर गंभीरता से हम सबको सोचना होगा हमें लार्ज स्केल पे ओवर प्लांटेशन करने पड़ेंगे ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ने आईना दिखा दिया है सही बात है तो ये ये कुछ ऐसे इशू हैं जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है किशन जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उसे तो लगता है कि हमको जल्दी कई कड़े निर्णय लेते हुए देखेंगे भोपाल के हित में और जो कचोटता है आपको हमको सबको परेशान करता है उन चीज़ों के कुछ निदान करने के प्रयास करेंगे अब बात करते हैं राजनीति की आप अध्यक्ष बने तो बीजेपी में तमाम आपके समकक्ष नेताओं ने अपने कपड़े फाड़े राजनीति में कॉम्पिटिशन होता है महत्वाकांक्षाएँ सबके पास होती हैं फिर चर्चा चल चली कि आपकी और महापौर की भी खटपट होती रहती है तो कितनी सच्चाई है सब बातों में कोई खटपट नहीं है बहुत अच्छे मिलकर के साथ काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं कहां से मीडिया में खबरें आती है मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें भी विपक्ष के मित्र इस प्रकार की हवा को बातों को हवा दे रहे होंगे हम मिलकर के देखिए महापौर का भी उद्देश्य है भोपाल में अच्छा काम करना है और मेरा भी उद्देश्य भोपाल में अच्छा काम करना इफेक्टिव काम करना है इस रास्ते पर वो भी अच्छा काम कर रही हैं हम भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बाकी सारे पार्षद जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम कर रहे हैं मैं मानता हूं और जहां किसी को आवश्यकता लगती कि मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जनप्रतिनिधियों की मदद की है अभी आप ज़िले जिले के महामंत्री भी हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का ज़िले का महामंत्री हूं पार्षद में भी अभी मैंने किसी पार्षद चाहे वो कोई भी हो अगर उसके पास बैठने का स्थान नहीं था तो मैंने उपलब्ध कराया है निगम प्रशासन को बोल के चाहे वो दूसरे दल के क्यों ना हो मैंने कहा वो जीत के आया है वहाँ जनता से उसे मिलने के लिए उसको स्पेस चाहिए उसको बैठने की जगह दीजिए हर समय आप दलगत राजनीति को दिमाग में रख के काम नहीं कर सकते हैं अंतोगथवा जब आप व्यापक सोच के साथ काम करते हैं कि अब चुनाव हो चुके हैं अब हमें शहर पर बात करनी है तो फिर आपको उस व्यापक सोच के साथ काम करना पड़ेगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी काम कर सके इसलिए उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा और उनको उस बात के लिए प्रेरित भी करना पड़ेगा कि आप काम कैसे कर सकते हो और वैसे भी आप लोगों के साथ तो इस समय बहुत अच्छा माहौल है काम करने के लिए आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपज हैं आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साहब वो विद्यार्थी परिषद की उपज हैं तो सारा विद्यार्थी परिषद पूरा प्रदेश है इस समय तो देखिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे वहाँ बहुत सीखने को मिला है संघ के स्वयंसेवक के नाते मुझे बहुत सीखने को मिला है एक साधारण सा मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भोपाल राजधानी जैसे जगह पर मेरे बारे में संगठन इतनी बड़ी सोच रखता है मैं किशन जी के बारे में एक बात बताना भूल गया था इनको रोकते हुए आपके पिता कृषि व्यवसाय से जुड़े रहे और आपका पूरा परिवार कृषि व्यवसाय से जुड़ा है और राजनीति में शायद आपके अलावा आपके परिवार में कोई नहीं है मेरे परिवार में कोई राजनीतिक नहीं है पिछली बार भी जब मैं दो हज़ार दस में पार्षद था उसके बाद मेरे आसपास के सराउंडिंग बाढ़ महिला हो गए थे या उनके आरक्षण में जातिगत समीकरण बदल, बदल गए थे तो संगठन के नेताओं ने कहा यार किशन बोले आपके लिए कोई बाढ़ नहीं बचा है तो मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर मुझे कुछ ने कहा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दीजिए तो मैंने उस समय जवाब दिया था जिनको जवाब दिया वो जानते हैं कि मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की वोटर है कार्यकर्ता नहीं है और मैं ये मानता हूं कि टिकट कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो वर्षों से काम कर रहा है तो बोले ऐसे में तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा मैं पार्षद रह लिया हो ना नहीं रहा होता तो मेरे मन में भी उत्सुकता रहती कि एक बार तो बन के देखा जाए कि पार्षद के नाते कैसे काम कर लिया इस तरह की बातें करते हैं ना यही लोगों को चुप जाती होंगी तमाम सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो जिनको खुद का बाट बदल गया कुछ हो गया तो उन्होंने पत्नियों उन्हों को टिकट लड़वा दिया आप जैसे सिद्धांत पर कितने लोग टिकते हैं मैं ये मानना चाह मैं मैं ये मानता हूँ मेरा ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं ये बाकी सब लोग इस पर अमल करें नहीं करें ये उनका अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है पर मैं वास्तव में ये मानता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है तो कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम के कारण है एक बूथ का कार्यकर्ता जो चुनाव के दिन इतनी मेहनत करता कि कहो उस दिन उसको चाय भी ना मिले नाश्ता भी ना मिले और हो सकता भोजन भी ना मिले पर वो सुबह छः बजे से बूथ पर पहुंचता है और शाम को जब तक मतदान बंद ना हो जाए सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक वो बैठा रहता है क्यों बैठता है तो इसलिए हमें कार्यकर्ता को प्राथमिकता देना चाहिए कि बरसों से इस पार्टी में जो काम कर रहे हैं हमें उनको प्राथमिकता देना चाहिए भी और भी? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप इस पर परिवारवाद के खिलाफ बहुत सख्ती से काम कर रही है उन्होंने बहुत सख्त एक भाजी नहीं, भाजी नहीं भाजी एक से भाजी एक भाजी बड़े उदाहरण दिए कई नेता उन्होंने हाँ भाई उनका कहना है कि नेता पुत्र होना अपराध नहीं है पर सिर्फ नेता पुत्र होकर के तुम चुनाव में आ जाओगे या राजनीति में आ जाओगे ये नहीं चलेगा आपको काम करना पड़ेगा जैसे बाकी कार्यकर्ता बरसों से चप्पल घिस रहे हैं काम कर रहे हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं आप भी जिस दिन संगठन को ये लगेगा कि आपने इस पार्टी में बिल्कुल मौन होकर के जो संगठन आपको कहता गया आप वैसे करते गए उस दिन आपको संगठन को लगेगा कि आपको कहीं और प्रमोट करना तो करेगा हो गया देखिए मैं ये मानता हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से बहुत कुछ सीखा है हर वर्ग के अच्छे लोग कैसे आगे लाए जा सकते हैं इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए हैं नए लोगों को तो बहुत मौका दिया और नए लोगों को जिस प्रकार से वो मौका देते हैं विश्वास करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी भारतीय जनता पार्टी में सेवा के दम पर मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बनाना कभी रहा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले कहा जाता था कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी पर आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में क्या देश के अंदर कहीं विकल्प नहीं दिखता तो पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज किया है आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में बस चुकी है वो कारण क्या है तो कारण है काम वो काम जिसको जनता चाहती है देश की आवश्यकता क्या है वो काम भारतीय जनता पार्टी करती और नेशनल इशूज़ पे संगठन ने कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं हम दो थे या बहुमत में आ गए ये मैटर नहीं करता जब दो थे तब भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार बनेगी पंच से लेकर प्रधानमंत्री हमारे होंगे पर हम अपने नेशनल इशूज़ पर कभी डिगे नहीं टिके रहे तीन समाप्त करके रहेंगे ये भाजपा के एजेंडे में था और आज भाजपा जब इस ताकत में आई कि हम कर सकते थे 370 समाप्त तो भाजपा ने किया है अब नगर निगम अध्यक्ष बन गए आप अब कहीं और इच्छा है मन में कि अब अगली बार विधायक बने मेरे मन में नगर निगम अध्यक्ष की कोई इच्छा थी न आगे कोई मैंने जैसा कहा कि वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि संगठन मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है और संगठन मेरे लिए जो उपयुक्त काम समझता है चाहे वो संगठन का हो या कोई दूसरा हो मेरा कोशिश ये रहती कि उसमें हंड्रेड परसेंट देने का प्रयास करूँ किशन सूर्यवंशी जी को आप सुन रहे थे भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हैं आप युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आपने जो कमियां हैं उनको बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया और ये कहा कि स्वच्छता में भोपाल देश में नंबर वन बन बने इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपको हम इसके लिए बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपने जिन बातों को कहा है आप उन अमल में लाएँ उन बातों को और वो रिजल्ट आप सामने दे के तो यकीन भोपाल आपके प्रति आभारी रहेगा और भोपाल नगर निगम में कुछ सुधार आएगा तो लोगों के हित का काम होगा क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार दखल न्यूज़ में आज बस इतना ही आप देखते रहिए समाचारों को तेज़ गति से दखल न्यूज़ के साथ the hey, dakhal new